आज मैं बनाने वाला हूँ राखी जॉन मेरी छोटी बहन मुझे पहनाएगी वो छोटी है इसलिए उसको राखी बनानी नहीं आती तो मैं आज होममेड राखी बना रहा हूँ आइए देखते हैं हाँ जी फ्रेंड्स मैंने इसको बनाने के लिए लिए है डेकोरेशन के लिए बटन्स Or Friends, पहले मैं फर्स्ट बटन लगा रहा Friends, जब भी आप बटन में नीडल लगाओगे तो अपने मम्मी पापा ये फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट बटन लगा दिया है और अब मैं सेकंड बटन लगाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स ये देखिए मेरी राखी तैयार है अब हमें बस इसको ऐसे जोड़ना है अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता